सो so गाइज मैं आप लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ आमतौर पर तो आप सभी ने ट्रेन में यात्रा तो कर ही होगी क्या आपको पता है हर ट्रेन में अधिकतम 24 डिब्बे होते हैं लेकिन आज मैं एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें कुल दो सौ डिब्बे लगे होते हैं जी हाँ दोस्तों जिसका नाम है शीष अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें